हमेशा अपने बयानों और हिंदूवादी छवि को लेकर चर्चा में रहने वाले भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला शर्मा ने हिंदू समाज के तीर्थ दर्शन और अजमेर शरीफ को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि हज यात्रा की सब्सिडी बंद होनी चाहिए जिस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने शर्मा आरोप पलटवार किया है विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीर्थ दर्शन योजना की पहली ट्रेन की यात्रा में अजमेर शरीफ को नहीं जोड़ने आरोप कहा की अजमेर शरीफ जाने की क्या जरूरत है अजमेर शरीफ किसको जाना है पहले हिंदुओं के तैतीस करोड़ देवी देवताओं तक तो तो आने दो। दो। अभी तो बहुत देवी देवता बाकी हैं, उनके दर्शन करने दो. वैसे भी इस्लाम में तो दूसरे धर्म के शासन के पैसे से जाना गलत माना जाता है उन्होंने कहा हज यात्रा की सब्सिडी भी बंद होनी चाहिए तो आने में कोई आपत्ति नहीं है आप आओ पर देवी माँ की स्तुति करो आप तिलक लगाओ प्रणाम करो भारतीय परंपरा और सनातन धर्म का सम्मान करो आप केवल जो है टाइम काटने के लिए और मनोरंजन के लिए आओ तो ये गलत है बदतमीजी मानी जाएगी तो, तो, तो क्या जरूरत है अजमेर शरीफ किसको जाना पहले हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं तक तो तोने दो अभी तो बहुत देवता बाकी है उनके दर्शन कर कल कल लेंगे अजमेर शरीफ ऐसी क्या जरूरत जिसको करना वो वैसे भी कर जाएंगे और वैसे भी इस्लाम में तो दूसरे धर्म के शासन के पैसे से अगर कोई जाता है तो गलत माना जाता है इसलिए इसलिए हज की भी यात्रा की जो सब्सिडी वो भी बंद होनी चाहिए वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने रामेश्वर शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा यह देश सबका है रामेश्वर शर्मा की अकेले का देश नहीं है देश में रहने वाला हर व्यक्ति को अपने मजहब को पूरा करने का अधिकार है यह अधिकार रामेश्वर शर्मा नहीं छीन सकते है सरकार अच्छा काम कर रही है जो आरोप लगाते थे उनको साबित करने का काम कर रही है कथनी और करनी में अंतर है केवल चुनाव जीतने का फंडा है मसूद ने इसके अलावा संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के गरबे वाले बयान पर कहा उषा ठाकुर का मानसिक संतुलन खराब है उनको इलाज की जरूरत है गरबा आस्था का प्रतीक है अगर उसमें आयोजन समिति किसी को बुला रही है, तो कैसे रोक सकते हो ये देश सबका है रामेश्वर शर्मा का देश अकेले का नहीं है सबका देश है और इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने अपने मजहब के पूरा पूरा करने का अधिकार है और उसके अधिकार छीन नहीं सकते रामेश्वर शर्मा जी और अच्छा काम कर रहा है शिवराज जी जो हम आरोप लगाते थे उसको साबित करने का ये काम कर रही है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है रामेश्वर शर्मा जी जो कह रहे हैं उनसे ये पूछो कि फिर बाकी जो जा रहे हैं उनके लिए अनुमति है और फिर ये देश जो आज़ाद हुआ था और जो संविधान ने राइट्स दिया था उसका क्या होगा और हम देश के नागरिक तुमसे ज़्यादा वफदार है उषा ठाकुर का मानसिक संतुलन खराब है मैंने परसों भी ये बात कही थी और उनका मानसिक संतुलन खराब है उनको इलाज कराना चाहिए गर्भा एक आस्था का प्रतीक है और अगर उसमें आयोजन समिति किसी को अलाउ करती है तो उसको कैसे रोक सकते हो आप? ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन